जितनी टी आर पी कमी थी यूट्यूब हमारा जो चैनल है उसके ऊपर 21 21 मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर हो गए हैं जी सब्सक्राइबर, आजी के दिन अबे तुम लोगों ने समझ जाना करना था भाई जो को क्या समझ रखा था अबे तुम लोग ऐसा हो सकता है क्या ऐसा हो सकता है तुम्हारे देश के अंदर एक भी नहीं होगा अपनी नहीं कर रहा <laughs> यो अमित रहा भाई अमिताज इतनी पतंग काट देगा इतनी पतंग काट देगा किसी ने सोचती ना होगी